जय श्री शाह दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो दोस्तों अपनी और गेम सिंगल रहेगी इकसठ अपनी हल्की पलट के साथ खेलना जो भी खेलना भैया जो भी खेलो हल्की पलट के साथ खेलो अपनी गेम हर रोज़ ब्लास्ट होती है गेम अपनी तो अपनी मेन जोड़ी रहेंगी अपनी पैंतीस अस्सी पचासी चौंतीस और अपनी स्पोर्ट जोड़ी रहेंगी दोस्तों 48, अट्ठानवे नब्बे चालीस और पैंतालीस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों वीडियो को शेयर करो दोस्तों तो अपनी ब्लास्ट जोड़ी रहेगी दोस्तों अपनी ब्लास्ट में रहने वाली हैं जोड़ियाँ पंचानवे 13 18, 36, और छियासी और दोस्तों ये अपनी पकड़ हैं दोस्तों पकड़ जोड़ी को दो दिन पकड़ के चलना है इनको तो अपनी पकड़ जोड़ी रहेगी दोस्तों आज की 23, 28, सैंतीस सतासी और 30. ये दो दिन तक पकड़ के चलना है इनको दोस्तों हल्की पलट के साथ खेलना है गेम हंड्रेड एंड वन परसेंट पास होएगी हर रोज़ गेम पास होती है अपनी और हरूख रहेगा अपना दुए और सत्य का दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर करो दोस्तों और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नहीं दोस्तों और ये अंदर बार रहेगा रूख और जो ये पकड़ जोड़ी हैं ये फरीदाबाद में ही आएंगी ये ये लोकेशन सही जोड़ी हैं फरीदाबाद और दोस्तों इसमें अपने ऑनलाइन खाई वाले का नंबर है अगर किसी भाई ने अपना पर्चा देना हो या किसी ने गेम उतारनी हो तो इस नंबर पर मैसेज करके सारी डिटेल ले सकता है नंबर है आठ सौ साठ सात सौ अस्सी पंद्रह